कुछ नहीं बिजड़े ग तेरा हरिरन आने जोगा कुछ नहीं बिगड़े गेरा हरे शरण आने हर खुशी मिल जाएगी तुझे हर खुशी मिले जाएगी तुझे चरणों में गिर जाने के बाद तो कुछ नहीं बिगड़े गा तेरा हरे शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े गा तेरा जिल के राही कैसे पाते है मगर प्रेम के मन जिल की राही कैसे पाते है मगर बीज फलता है सदा बीज फलता है सदा ने के कुछ नहीं बिगड़े जा तेरा हरि चरण आने के बार, कुछ नहीं बिगड़े जा तेरा हरे चरण आने देख काली घटा को हे भर मरे मत हो निरा देख कर का घटा को हे भर मर मत हो निराश बंद कलिया भी खिलेंगी बंद कली जाने के बाद कुछ नहीं हर बिजड़े जातेरा हरिशरण पूछो के बाछ जाकर छाई है कैसे बहा पूछो इन फूलो से जाकर छाई है कैसे बहा कब तलक कहा तू सोया कब तलाक कहा तो पैसोया पर आने के बा कुछ नहीं बिगड़े जाते जा तेरा परिसर आने के कुछ नहीं बिगड़े जाते तेरा जब तल है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा जब तलक है वेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा रंगलाती लाती है ने के बाद कुछ नहीं बिगड़े गर शरण ने के बाद हर खुशी मिले जाएगी तुझे हर खुशी मिले ए हर खुशी जाएगी तुझे चरणों में गिरी जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़े गेरा हरिशरण आन ठेके बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरी शरण आन कुछ नहीं बिगड़े गते रह हरि शरण आने